नमस्कार तो नमस्कार दोस्तों मैं महेंद्र श्रीवास्तव फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं एक नए विषय को लेकर और आज हम फिर से उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे मैं बहुत निवेदन करता हूं कि सबसे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें व शेयर करें जो आज का हमारा विषय है भाई ओलंपिक से लेकर है तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है आज वर्तमान में हमारे जो ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं उसमें भारत ने पहले ही दिन बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ तो दोस्तों आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि जो सिल्वर मेडल है गोल्ड मेडल है ब्रां ब्रांज मेडल है यह क्या शुद्ध धातु के होते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिल्वर मेडल और जो ब्रॉन्ज मेडल होता है वह शुद्ध होता है लेकिन जब हम सोने की बात करते हैं तो यह सोने का जो ओलंपिक में दिए जा दिए जाने वाला मेडल होता है वह शुद्ध नहीं होता तो दोस्तों अगर यदि मैं आपसे बात कहूं कि क्या दुनिया में दुनिया में जो भी सोने की चीज़ें होती हैं बहर अगर निश्चित तौर पर देखा जाए तो अधिकतर चीज़ें शुद्ध प्योर सोने की नहीं रहती हैं जैसा कि आपको मालूम है एक हमने इससे पहले एक पूर्व एक वीडियो डाला है सोने के ऊपर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं आ, उसका डिस्क्रिप्शन में आ, लिंक दे दूंगा मैं स्वीडन स्वीडन में होने वाले उन्नीस में ओलंपिक गेम्स हुए थे तो उससे उन्नीस तक उन्नीस तक जो ओलंपिक कमेटी है ओलंपिक कमेटी है वहाँ पर शुद्ध सोने के गोल्ड मेडल दिए जाते रहे हैं लेकिन उन्नीस में आईओसी आईओसी का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तो आईओसी के द्वारा कुछ मापदंड निर्धारित कर दिए गए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा 1924 में जो स्टॉकहोम्स में ओलंपिक गेम्स हुए थे तो वहाँ तक तो सभी खिलाड़ियों को गोल्ड के शुद्ध सोने के मेडल दिए जाते रहे हैं लेकिन उसके बाद जब यह देखा गया कि जो सोने का सोने का भाव उस समय के साथ आ, बढ़ता रहा और उनको भी फील उनको भी एहसास हुआ कि आने होने वाले आने होने वाले खेलों में शुद्ध सोने के आने होने वाले में शुद्ध सोने के गोल्ड मेडल देना संभव नहीं है तो उसके बाद ये निर्धारित किया गया कि अब जो भी ओलम्पिक गेम्स होंगे 19 के 1924 के बाद उन सभी गोल्ड मेडल्स में कम से कम न्यूनतम से न्यूनतम छः ग्राम सोना होना कम्पल्सरी है अगर आप देखें तो जो आ, सोने का गोल्ड मेडल होता है वो तकरीबन आधा उन्नीस के बाद स्टोगॉम्स में जो ओलंपिक हुए थे उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ कि जो आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में निर्धारित कर दिया कि अब उसके बाद जो भी गोल्ड मेडल दिया जाएगा उसमें कम से कम 6 ग्राम सोना होना कंपलसरी है उससे ज़्यादा कर सकते हैं वह है एक अलग बात है कि उसके बाद होने वाले जितने भी ओलंपिक खेल्स हुए उनमें कम से कम छः ग्राम सोना ही रखा ये जब आई ने बोल दिया कि आप कम से कम छः ग्राम सोना रखें तो कोई किसी भी देश ने उसमें आठ ग्राम दस ग्राम बीस ग्राम पच्चीस ग्राम सोना नहीं रखा हालांकि वो बात अलग है कि उन्नीस सौ चौबीस तक शुद्ध सोने के गोल्ड मेडल दिए जाते रहे हैं तो जो आईओसी ने एक मापदंड निर्धारित कर दिया कि अब जो भी गोल्ड मेडल दिए जाएंगे उसमें छः ग्राम सोना होना कंपल्सरी है और उनकी मोटाई और चौड़ाई भी निर्धारित कर दी यानी कि उनका डाईमीटर भी जो ब्यास होता है किसी भी मेडल का वो निर्धारित कर दिया तो आई ने निर्धारित कर दिया कि जो भी गोल्ड मेडल दिया जाए उसका कम से कम पचास मीटर का ब्यास होना चाहिए उसका तीन एम की मोटाई होनी चाहिए और यह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो गोल्ड मेडल होता है वो तकरीबन तकरीबन आधा किलो का होता है तो उसके साथ साथ अगर आप देखें आईओसी ने इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेटी ने कुछ और भी चीज़ें निर्धारित कर दी तो उन्होंने क्या बोला कि उसके जो फ्रंट पेज पर पे, जो फ्रंट सॉरी जो उसका फ्रंट आगे वाला सिक्के का हिस्सा रहेगा उसमें उसमें एक पांच रिंग होनी चाहिए जैसा कि आप सभी जानते हो ओलंपिक में पांच रिंग्स होती हैं तो पांच रिंग्स के साथ उस पर लिखा होना चाहिए ओलंपिक जैसे कि टोक्यो में हो रहा है ओलंपिक टोक्यो 2020 और ये उसका ऑफिशियल लोगो होता है अगर सिक, सिक्के के विपरीत ओर देखा जाए तो दूसरी ओर देखा जाए तो मेडल पर आई ने निर्धारित कर दिया कि उस सिक्के की ओर एक और ये होना चाहिए और एक और यह होना चाहिए तो सिक्के की अगर देखें बैक जो मेडल होता है तो मेडल के विपरीत दिशा में देखें तो उन्होंने क्या किया कि निर्धारित कर दिया कि ग्रीक देवता नायकी की तस्वीर होनी चाहिए यानी कि जो गोल्ड मेडल रहता है उसमें ग्रीक ग्रीक देवता नायकी की तस्वीर होना चाहिए साथ में पनाथी नाइकोस पनाथी नाइकोस स्टेडियम का चित्र होना चाहिए अब पनाथी नाइकोस पनाथी नाइकोस क्या है पनाथी नाइकोस वहस्थान है जहाँ पर अठारह में ओलंपिक के जो प्रारंभ हुआ है वो अठारह से प्रारंभ हुआ है तो जिस स्टेडियम में ओलंपिक गेम्स सबसे पहले खेले गए थे उस स्टेडियम का नाम था पनाथी पनाथी नाइकोस तो उन्होंने बोला कि नाइकी नाइकी देवता की तस्वीर होनी चाहिए पनाथी नाइकोस होना का स्टेडियम होना चाहिए उसके साथ साथ दूसरी ओर एक पांच रिंग्स होनी चाहिए और ओलंपिक जैसे कि टोक्यो का ओलंपिक टोक्यो टू टोक, थाउजेंड होना चाहिए यह है द्वारा निर्धारित मापदंड कर दिए गए जो 1924 के से आज तक पाल तो देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ हम फिर इस डायग्राम पर चलते हैं तो जो गोल्ड का मेडल होता है वो लगभग लगभग लग लग आधा किलो का होता है मेडल जो रहता है उसमें आईओसी के द्वारा 1924 के बाद यह निर्धारित कर दिया गया कि कम से कम छः ग्राम सोना होना कम्पल्सरी है यदि हम गोल्ड मेडल का देखते हैं तो जो गोल्ड मेडल को देखते हैं तो गोल्ड मेडल में एक सॉरी छियासी छ एट्टी मीटर का डायमीटर होना चाहिए जबकि जो पूरा डायमीटर होता है वो लगभग लगभग जो कॉइन्स होते हैं वो साठ मीटर का होना चाहिए लेकिन इसका जो एक इस जो मेडल में है वो निर्धारित किया गया है एक सौ पचासी का डायमीटर है और इसकी जो मोटाई है वो सेवन पॉइंट सेवन मीटर की है इसके साथ साथ देखें इसका जो वजन है वो पाँच सौ छप्पन यानी कि ये जो टोक्यो ओलंपिक है इसका जो गोल्ड मेडल का जो वजन है वो आधा आधे किलो से ऊपर का है और इसमें जो सोने की परत रहती है क्योंकि अगर पूरा का पूरा सोने का देंगे और यदि आधी किलो से से ऊपर का अगर सोना देंगे तो यदि इस गोल्ड मेडल को अगर हम मान लेते हैं कि पूरा सोने का है तो तकरीबन तकरीबन ये कितने का पड़ जाएगा ये एक गोल्ड मेडल को पच्चीस से तीस लाख पैंतीस लाख का एक गोल्ड मेडल पड़ जाएगा इसके साथ देखें सिल्वर मेडल तो सिल्वर मेडल प्योर प्योर चांदी का रहता है और इसमें जो डायमीटर है 85 का है मोटाई 7.7 की है वजन भी इसका साढ़े पाँच ग्राम है आधा किलो से ऊपर का है और जो ब्रांस का मॉडल होता है तीनों मॉडलों तीनों मेडल्स जो होते हैं वो है उनमें सबसे कम वजन का होता है 450 ग्राम का 50 ग्राम का होता है कॉपर का होता है और इसका डायमीटर भी उसी के सेम होता है तो आपने ये देखा कि किस प्रकार से सोने का मेडल सोने का ना होते हुए उसमें चांदी का होता है एक्चुअली सोने का मॉडल होता है सोने सोने का जो मेडल होता है वो पूर्ण रूप से चांदी के मेडल होता है उस चांदी के मेडल पे सोने की छः ग्राम की एक पर्त छिड़ाई जाती है जिससे कि वो गोल्ड का मेडल लग सके दोस्तों टोक्यो ओलम्पिक्स की खास बात मैं और शेयर करना चाहूँगा आपको कि यह जितने भी जितने भी मेडल्स हैं सिल्वर के मेडल हैं गोल्ड के मेडल हैं या कॉपर के मॉडल मेडल्स हैं इन सबको किस प्रकार से बनाया गया है तो एक्चुअली जापान ने इसमें भी इको फ्रेंडली होने का एक अपना उदाहरण प्रस्तुत किया है टोक्यो ओलम्पिक होने से बहुत समय से उन्होंने लोगों से इसमें सहभागिता इसमें जुड़ाव ओलंपिक में जुड़ाव हो सके इसीलिए उन्होंने सभी लोगों से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो मांगे हुए थे गवर्नमेंट ने उन, उन, उन गैजेट्स में जो धातुएँ रहती थी उनको इकट्ठा करके ये जो सभी इस मेडल से बनाए गए हैं इस काम के लिए उन्होंने कई प्रकार की प्रतियोगिताएँ लगभग 400 सौ की थी उन 400 प्रकार की प्रतियोगिता में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और जिन्होंने अपने गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जापान की गवर्नमेंट को डोनेट किए और उनमें से जो धातुएँ जिस प्रकार जो कई प्रकार की धातुएँ उपयोग होती हैं उन सब धातुओं को निकाल उन्होंने ये जो आपके मेडल्स हैं ओलम्पिक के वो तैयार अगर आप ओलंपिक टोक्यो के ओलंपिक खेलों का मेडल में जो डिजाइन दिजान डिज़ाइन के बारे में बात करें तो जो डिजाइनिंग है वो नू जू काओ काओ निसी इन लोगों के नाम थोड़ा इकपटे होते हैं बोलने में प्रोनाउंसेशन करने में बड़ी तकलीफ होती है तो नाम मैं दोबारा पढ़ देता हूँ जूनिकी जू नी जू निसी यह इन इनके माध्यम से ये इसका डिज़ाइन तैयार किए गए लगभग 400 डिज़ाइन लिए गए थे उनमें से इन इनके द्वारा ये डिज़ाइन सिलेक्ट किए गए हैं और अगर आप देखें टोक्यो ओलम्पिक का जो नाम है सिंबल ऑफ़ जीत के लिए सिंबल ऑफ जीत के ग्रीक देवता नायकी की तस्वीर है जो ग्रीक देवता आप देख रहे हैं जो आपने देखा होगा बहुत सी जगह ये देवता ये देवता आप देख सकते हैं ग्रीक के देवता हैं और अगर आप देखें जो रेबन है जो ओलंपिक खेलों का जो रिबन उपयोग किया गया है इस बार वो रिसाइकल रिसाइकल किए पॉलिस्टर फाइबर से बनाया गया है पारस्परिक जापानी डिजाइन की इसमें झलक दिखती है तो आपने देखा मेडल का डिज़ाइन किस प्रकार निर्धारित किया गया है उम्मीद करते हैं आपको हमारी है ओलंपिक गेम्स से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें नमस्कार